तो एपिसोड नाइन की शुरुआत में एलेक्स एलेक्सूच आने पर उन सबको बाहर लाता है तभी वहाँ हम एक लड़की को... देख रही थी जिसका नाम क्रेसी था अब एलेक्स चैम्प और खुद की शक्तियों की मदद से जिया को होश में लाता है उठते ही जिया एलेक्स को चाटा मार देती है क्योंकि एलेक्स ने अपने हाथ उसकी बॉडी पर रख रखे थे साथ ही वो उसे कहकर से चली जाती है अब अगली सुबह जब जिया अपने सेवक के साथ घर जा रही थी तब उसे एलेक्स की याद आने लगती है और उसे अपनी गलती में पछतावा होता है साथ ही इधर एलेक्स को भी जिया की याद आ रही थी लेकिन वो उस पर ध्यान न देते हुए आगे बढ़ने लगता है तभी उस पर क्रेसी और उसकी साथी कर देती है लेकिन एलेक्स उन सबसे जीत जाता है और उनसे हमला करने की वजह पूछता है जिस पर ट्रेसी बताती है कि हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे और बस तुम्हारी स्किल्स चेक कर रहे थे क्योंकि वो सब एक खास तरह का ग्रुप चलाते हैं जो अच्छे अच्छे लोगों को अपने ग्रुप में शामिल करते हैं लेकिन एलेक्स कहता है की मैं आपके ग्रुप में नहीं शामिल हो सकता क्यूँकी मुझे कहीं जाना है इसके बाद एलेक्स आगे बढ़ जाता है जहाँ थोड़े समय बाद वो दूसरे पूर्वज की जगह पहुँच जाता है जो बिल्कुल खंडर की जैसी थी इधर एलेक्स को एक लड़का दिखता है जिसका नाम रॉय था जिसे दो लोग मिलकर परेशान कर रहे थे क्योंकि वो किसी ओल्ड मैन के लिए दवाई लेकर वहाँ से जा रहा था ये देखकर एलेक्स उन्हें वहाँ से डरा भगा देता है तभी उसे एक कबूतर देख लेता है और जाकर ये बात एक आदमी और उसकी बहन को बता देता है जो लुइस के से ही थे। ये जानकर वो दोनों एलेक्स को मारने का डिसाइड करते हैं इधर रॉय उस ओल्ड मैन को दवाई दे देता है जिन्हें देख एलेक्स पहचान जाता है की वो उसके दादाजी है जो एलेक्स को देख हैरान हो जाते हैं अब एलेक्स उन्हें कहता है की आप चिंता मत कीजिए मैं यहाँ आ गया हूँ अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा तो अलेक्स के दादाजी उसे कहते हैं कि हम कई सालों से यहां रह रहे हैं लेकिन लुइस के सर्वेंट हमें हम हमेशा टॉर्चर करते रहते हैं साथ ही उन्होंने मेरे सेवक रॉय की भी एक टांग तोड़ दी है ये सुनकर एलेक्स उनसे माफी मांगता है कि वो कुछ नहीं कर पाया और दादाजी से अपने पेरेंट्स के बारे में पूछता है जिस पर उसके दादाजी बताते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स टाइगो माउंटेन पर तुम्हारे लिए एक जड़ी बूटी लेने गए थे ताकि तुम जल्दी ऐसी ठीक हो जाओ लेकिन वो माउंटेन बहुत खतरनाक है जिसकी वजह ऐसी वो आज तक वहाँ ऐसी वापस नहीं लौटे अब एलेक्स उन दोनों को स्टोन विलेज ले जाने की बात करता है तभी वहाँ आरोप वो आदमी अपने के साथ एलेक्स को मारने आ जाते हैं लेकिन एलेक्स बड़ी आसानी से उन सबको मार देता है तो वो आदमी की बहन भी आकर एलेक्स पर हमला करने लगती है जिसके एक अटैक में एलेक्स के दादाजी मर जाते हैं जिससे एलेक्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी लाइन बीच की टेक्निक से एक ही छटके में उन दोनों को खत्म कर देता है आगे एलेक्स रॉय को अपने साथ स्टोन विलेज ले जाता है जहाँ पहुँचने आरोप ऐसी पता चलता है की कुछ लोगो ने स्टोन विलेज आरोप हमला कर दिया था जिसमे कई लोग घायल हो गए हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है इस सीरीज के अगले एपिसोड जल्द ही इस चैनल पर आ जाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय